व्हाट्स अ फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अन लीक्स में और आ चुके हैं फिर से नए इंटरेस्टिंग अपडेट्स और लीक्स के साथ तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अपने अगस्त इलाइट पास के बारे में कौन सी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी सीजन 39 नाइन इलाइट पास में तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें तो चलते अपने इलाइट पास की तरफ और बात कर लेते इन में कौन सी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी तो ये रहा हमारा इलाइट पास यहाँ पे आपको गाड़ी की स्किन देखने को मिलेगी आपको यहाँ बैनर्स देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे फीमेल का एक टी शर्ट देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्री में आपको यहाँ पे एक मेल टी शर्ट देखने को मिल जाएगा जिसमें आपका वेस्ट साइड नहीं होता है बात करेंगे अपने फीमेल इलाइट पास के बंडल के बारे में तो ओवरऑल एक ओ बंडल देखने को मिल जा रहा है यहाँ पर आपका हेयर सिले के यहाँ पर आपका टी शर्ट लोअर सिले के सब ओ बंडल देखने को निकल जा रहा है तो यहाँ पे आपको एक आ, ओपी बंडल देखने को मिलेगा और यहाँ पे गन स्किन के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पे ट्रीटमेंट गन की स्किन देखने को मिलेगी आपको एक ऑफ फ्री में टी शर्ट देखने को मिल जाएगा यहाँ पे बैकपैक आपका लैंप स्कल और बैट के बेसिस पे आपको एक बैकपैक देखने को मिलेगा और यहाँ पे सर आ, यहाँ पे मीजल्स की स्किन देखने को मिलेगी यहाँ पर आपको एक इमोड देखने को मिल जाएगा ओ सा इमोड देखने को मिल जाएगा यहाँ पे एक आपको ओ सा सरबोर्ड देखने को मिलेगा और बात करेंगे अपने लूट कार्ड के बारे में तो यहाँ लूट कार्ड इतना ओपी नहीं लग रहा मतलब कुछ नॉर्मली लूट कार्ड देखने को मिल जाएगा यहाँ पे मेल फीमेल मेल के बंडल के बारे में देख सकते हैं यहाँ आप पे आपके हेड में फायर है आपकी टी शर्ट में भी फायर टाइप का देखने को मिल रहा है ओवरऑल अगस्त का इलाइट पास ओ देखने को मिल रहा है यहाँ पर अगर आग, आप अगस्त का इलाइट पास ले सकते हैं अगर आप इलाइट पास लेते हैं तो यहाँ पे ओपी अगस्त के लाइट पास में देखने को मिल जाएंगी चीज़ें यहाँ पे बस आपका लूट कार्ड से आप डिसअपॉइंटेड हैं और यहाँ पर अपकमिंग इवेंट्स के बारे में बात कर लेता हूँ तो कल मैं इस चैनल पे डायमंड ऑयल की वीडियो डालूंगा और नए तीन इमोट्स जो आपको इन गेम में देखने को मिलेंगे उनके बारे में मैं कल बताऊँगा तो सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स एंड लीग थैंक यू फॉर वॉचिंग